तमाशा तो देखो इसे बेन बड़ो इनको सबसे बड़ो रोफाइ बेन बड़ो ना कह कैसे के नजान अरे हिड़क रतन के चक्कर में रहा है इनकी हालत ऐसी ऐसी हो गई हवा तो भज्जा अगर सुबह भज्जा कैमरा ले गंगा सा एक देखा था हम तो अच्छा भगवान एक एक एक तो। तो। के मांस लग रहा है अरे रन दो चक्कर में अब के हिड़त रहने के चक्कर में बहु से प्यारी हो घर रान हो रहे घर में हैरान हो रहे घर में हैरान हो रहे घर में हैरान हो रहे राख ली थी गिरजा सु बहुत बहुत धन्यवाद है और जब फरमासाई है 501 रुपया को आशीर्वाद बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे सम्मान्य श्री सालक राम पटेल जी एवं श्री मुकेश सोनी जी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है और जब फरमासाई काय वो है गिरजासुत गणराज एक गिरजासुत गणराज गिरजासुत गणराज गिरजासुत गणराज गिरजासुत गणराज गिर गिरजासुत गणराज गिरजा में ख्याल मोरो साखियो जो गिरजासुत सुत